Chori ban, jari chori ban, jari ban. रूम वाली छोरी वन झरे वन झरे कान म झुमका वाली छोरी वन झरे वन झरे वन झरे छोरी वन झरे वन झरे वन जारे चोरे बणज बणज बणज बणज चोरे बणज छोरी बन झरे बे बणझ नानी मोटी झमक नानी नमक छमक चले पड़े बड़े नगर बणझ झारे बणझ छोड़े बणझरे बणझरे बणझे बणझार छोरे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 लो घा करो वाले चोरी बन जरे वन जरे पग मपाय लाल चोरी बने झरे बन जरे बण झरे बन झरे चोरी बन झरे वन झरे झरे झरे झरे झरे बण झरे चारे बण झरे